को सब सब सब पता है सब है है है कि कि कि मुझको ही कुछ करना आगे जाके पूरा मुझे खुद के पे खड़ा के का साम्राज्य बनाना है। भी मैं क्यों नहीं करता मेरे समझ नहीं हलावा कोई और ना करेगा मेरी मेहनत मुझे काम देगी मेरा फैसन मुझे